और ढूंढते रहो हमें बदनाम करने के लिए एक भी सबूत मिल नहीं पाएगा के ढूंढते रहो हमें बदनाम करने के लिए एक भी सबूत मिल नहीं पाएगा बेटे ऐसी फाड़ूंगा एमबीबीएस भी सिल नहीं पाएगा